मामला है के रोटी कहाँ से आ रही है अफगानिस्तान से तुमसे बोला था ना कि चाहे जिंदगी की सारी रात पुन्नू पहलवान के कोठे पे गुजार लेना लेकिन इंस्टा पे हुई मुन्नी बदनाम से शादी मत करना उस टाइम तो जवानी का जोश चढ़ा हुआ था तुम पे अभी माँ चुदी पड़ी है <laughs>